नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार आप सभी का आलोकन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जैसे कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि अपन यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज अपन और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले ठीक है तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना ठीक है मेरे भाई चलो अगले नंबर पर क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का भारत पाक बॉर्डर पर तैनात हेलीकॉप्टर का नाम है आपको पता होना चाहिए कि भारत पाक बॉर्डर इसके अंदर वो बात कर रहा है जोधपुर एयरबेस की जोधपुर एयरबेस पे 2018 हजार जो भारत का पाकिस्तान से जो हिस्सा लगता है उसकी ये बात कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक हेलीकॉप्टर है ध्रुव ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये सैनिक क्षेत्र में भी कार्य करता है देन दूसरा सैनिक क्षेत्र में भी काम करता है और सिविल क्षेत्रों में भी ये कार्य करता है सिविल का मतलब है जैसे कि आपदा प्रबंधन जैसी स्थितियों में भी इस हेलीकॉप्टर का आर्मी के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो आर्मी एवं सिविल दोनों सेक्टर में काम करता है जैसे कहीं क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आ जाती है या कुछ ऐसी त्रासदी वगैरह जब हो जाती है तब वहाँ पर इस ध्रुद्र ध्रुव दुर जो हेलीकॉप्टर इसका प्रयोग किया जाता है अच्छा सैनिकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी वाले जो सैनिक होते हैं उनको हेलीकॉप्टर में चढ़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी ध्रुव से ही दी जाती है तो इस ध्रुव का एक अपडेट वर्जन है इससे अच्छा एक बनाया उसका नाम है दोस्तों कौन सा रुद्र उसका नाम कौन सा दोस्तों रुद्र तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि भारत पाक बॉर्डर पर तैनात हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों रुद्र जो जोधपुर एयरबेस में 2018 के अंदर स्थापित किया गया था यह चीज आपको क्लियर रखनी है कि साहब ये हेलीकॉप्टर इस तरीके से है तो जोधपुर एयरबेस की वो बात कर रहा है तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया एक अगला क्वेश्चन मिराज का संबंध किस देश से है मिराज एक फाइटर प्लेन है ध्यान से सुनना कि मिराज क्या है एक फाइटर प्लेन है जिसे मिराज खाने का भी होता है बिल्डर भी है मिराज बहुत सारी चीजें तो एक ग्रुप भी है बहुत बड़ा मिराज तो मिराज क्या है एक फाइटर प्लेन है यह बात पहले तो आप ध्यान रखना कि मिराज क्या है दोस्तों फाइटर प्लान है अच्छा ये जो फाइटर प्लान है आपको पता है कि चौदह फरवरी दो को एक अटैक हुआ उस अटैक का नाम था पुलवामा कौन सा अटैक था दोस्तों पुलवामा इस पुलवामा अटैक जब किया गया तो ये जो पुलवामा अटैक हुआ ना पुलवामा अटैक ध्यान से सुनना ये जो पुलवामा अटैक हुआ ये अटैक किसने किया पाकिस्तान का एक सरगना है जैस ए मोहम्मद जैस ए मोहम्मद करके एक सरगना चलता है उसके द्वारा यह किया गया ठीक है अच्छा तो भारत ने अब देखो भारत में क्या होता है कि कोई आदमी मर जाता है तो 12 दिन तक कोई काम होते नहीं है तो 14 से 26 फरवरी तक मतलब 12 दिन तक कितनी तारीख को 26 फरवरी 2019 ये 26 फरवरी 2019 जो है इस दिन भारत ने इस मिराज नामक फाइटर प्लेन ध्यान से सुनना ये जो मिराज फाइटर प्लेन है इससे पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी क्या की थी दोस्तों एयर एयर एयर स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक थी इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना तो ये जो करी, अब थी, 26 2000, करी और उस में मिराज का प्रयोग किया मिराज एक फाइटर प्लेन है पुरानी तकनीक से बना हुआ है सॉरी <coughs> और यह किस देश का है दोस्तों फ्रांस का है तो ध्यान रखना ये एक नंबर का जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मिराज का संबंध किस देश से है तो दोस्तों मिराज का संबंध है, है, है इस बात को आप अच्छे से में कि मिराज का संबंध फ्रांस से तो ये बात ऑल क्लियर वाली बात नहीं है कोई घबराने वाली बात नहीं चलो तो मिराज का संबंध किस देश से अमिर भाई फ्रांस से ठीक है तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया एक ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना आप अगला क्वेश्चन देखते हैं पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु पहाड़ों की पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु किस उपकरण का उपयोग करते हैं रडार सोनार लाइडार या सभी अब आप मुझे बताओ जब हमें पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग लाइडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जब मैं डीयर बात करता हूँ रडार की तो रडार के अंदर कौन सी तरंग हैं रेडियो सोनार के अंदर कौन सी तरंग हैं ध्वनि लाइडार के अंदर कौन सी तरंग हैं दोस्तों प्रकाश और ध्यान रखना सबसे अच्छी बात कि ये जो ये सब किस पे काम करते हैं रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं परावर्तन पे काम करते हैं तो पहाड़ों की ऊंचाई यदि हमें ज्ञात करनी है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे अब देखो सोनार जो है आपको इसके बारे में पता है कि सोनार जो है ये जो सोनार है ये समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर कोई चीज ढूंढनी है तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों सोनार का प्रयोग करते समुद्र के अंदर कोई यदि बात होती है तो उसके अंदर बात करते हैं हम सोनार का प्रयोग करेंगे अब जो रडार होती है एयरपोर्ट पर निगरानी करने के लिए युद्ध पोतों की निगरानी करने के लिए उनके लिए हम बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों रडार का प्रयोग करते हैं ये बात भी क्लियर हो गई अब बचा कौन सा लाइडार लाइडार जो होता है ये पेड़ पौधों की ऊंचाई घात करने के लिए या घने जंगलों में किसी चीज को ढूंढने के लिए जब प्रयोग करते हैं हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों लाइडार का प्रयोग करते हैं पेड़ पौधों के संदर्भ में या घने जंगल है घने वन है उसके अंदर हम प्रयोग किसका करते हैं दोस्तों लाइडार का प्रयोग करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया आइडिया दो अगला पाइन रडार भारत ने किस देश से आयात की थी चलो बताओ ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता भी होना चाहिए देखो ऐसी छोटी छोटी बातों का कि ग्रीन पाइन रडार जो है भारत ने किस देश से आयात की थी तो बेटा ग्रीन पाइन रडार की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना 26 ग्यारह हमला 26 ग्यारह जो मुंबई हमला हुआ छब्बीस ग्यारह जो मुंबई हमला हुआ ना उसमें बहुत सारे लोग मारे गए 26 ग्यारह में हमला हुआ तो फिर भारत की जो खुफी एजेंसी है उन ने, उन ने क्या किया भारत के इसरो और डीआरडीओ इन दोनों पर उंगलियां उठा दी भारत ने क्या किया इसरो और डीआरडीओ इस पर जो भारत की खुफिया एजेंसी उन्होंने उंगली उन्हों उन्हों उठा दी इसरो डीआरडीओ पे और यह कहा कि साहब एक बात बताओ इसरो डीआरडीओ पे उंगली ये उठाई कि आप एक बात बताओ चलो ठीक है आप कह रहे हैं हम इस चीज को मान रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि साहब आप कह रहे हो हमने मान ली सारी चीजें लेकिन आपने इन्होंने हमारे लिए कोई संसाधन नहीं छुटाई ना तो इसरो ने कोई उपग्रह छोड़ा जो हमें जासूसी का कार्य करे ठीक है ऐसा कोई उपग्रह नहीं है और ना डीआरडीओ ने कोई भारत के लिए ऐसा कोई रडार लगाया जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके और ये 26 ग्यारह जो हमला था ये इसरो डीआरडीओ के माथे पा गया तब ये जो इस भारत की जो बड़ी एजेंसियाँ हैं जो बड़े स्तंभ हैं इसरो डीआरडीओ ये दोनों चले जाते हैं इजराइल के पास कौन सा देश है मेरे भाई इजराइल कौन सा है इजराइल ध्यान से सुन सारी कहानी ये इजराइल के पास गए और इन्होंने अपना दुख इजराइल को बताया तो ने कहा कि कोई बात नहीं आप हमारे हैं हम आपकी हमेशा मदद करेंगे तो इसराइल ने क्या किया दोस्तों भारत के लिए इसरो को ये इजराइल था जब भारत इसके पास गया था तो इसराइल के इसराइल ने भारत के एक तो इसरो और डीआरडीओ इन दोनों के लिए मदद करी ध्यान से सुनना इसरो के लिए भारत ने क्या किया मैं आपको बता दू एक उपग्रह दिया वो रिसट कौन सा उपग्रह दिया रीसेट रीसेट का मतलब होता है जासूसी का उपग्रह और डीआरडीओ के लिए इजराइल ने दी एक रडार उस रडार का नाम है ग्रीन पाइन रडार कौनसी रडार है ग्रीन रडार। ग्रीन रडार और ग्रीन पाइन जो रडार है ये अपने स्थान से 6000 किलोमीटर तक दूरी तक चीजों के बारे में पता लगाने में सक्षम है और इसे समुद्र के तट पर लगाया गया भारत ने इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है छह हजार किलोमीटर तक भी यह काम करने का सक्षम है और जो था सेकंड इसको नाम दिया गया क्योंकि रिसेट फर्स्ट के नाम से भारत खुद जासूसी का उपग्रह बना रहा था तो कहीं भी यदि आपको रिसेट दिखे तो आपको सब रखना। क्या सब ध्यान रखना दोस्तों जासूसी सब ध्यान रखना है ये चीज आप क्लियर तो बात क्लियर हो गई तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया बेटा दो हो गया इजराइल रडार भारत ने किस देश से आयात की थी बेटा से आयात तो बात ऑल क्लियर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं चलो अगले क्वेश्चन पे चलते ठीक है अगला है युद्ध पोत की निगरानी हेतु तो किस रडार का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछ रहा है कि युद्ध निगरानी के लिए कौन सा रडार प्रयोग करते हैं अब सबसे पहले तो यह बात आती है कि युद्धपोत होते क्या हैं कि साहब कितने बड़े होते हैं क्या होते हैं वो चीज अपन बात करते हैं तो समुद्र के अंदर जिसे स्थल पर अगर युद्ध करते हैं तो वो सबसे तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास कितनी सेना है टोटल एक जल सेना एक थल सेना और एक है डियर वायुसेना जो जल सेना है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसके पास वारसी होता है युद्धपोत और जो थल सेना है ये थल सेना ये थल सेना वायु सेना होता है दोस्तों टैंक और वायु सेना जो होता है इसके लिए होता है फाइटर प्लेन। फाइटर प्लान भाई सेना के लिए क्या होता है फाइटर प्लान अब ये देखो ये वायु में हवा मुड़ता रहता है ये स्थल पर चलता है चाहे सड़क हो चाहे पहाड़ हो कहीं भी हो यह सब जगह चले देन ऐसे ही होता है युद्ध को अब जो हमारे ऊपर अटैक हुआ जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया इसमें कि साहब हमारे युद्धपोत की निगरानी नहीं कर पाए इसलिए हो गया तो बेटा इस युद्धपोतों में युद्ध जल के अंदर होगा और समुद्र की निगरानी के लिए हमने एक रडार को लगाया है उस रडार का नाम है अर्पणा उस रडार का नाम क्या है डियर अर्पणा रडार है जो कि युद्धपोत की, की निगरानी के लिए जाना जाता है और यह समुद्र के किनारे मुंबई के तटाया गया है युद्ध पोत वाला तो यह चीज भी आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि साहब युद्ध किस श्रेणी के अंदर आता है तो युद्ध पोत इस श्रेणी के अंतर्गत आता है ठीक है भाई तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया इर्मा रानी और रश्मि ये क्या है दोस्तों एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पर निगरानी करने का काम करती है इरमारानी रश्मि ये भी क्या है भारत की रडार है तो ये चीज ध्यान रखना है तो अर्पणा युद्ध के के संदर्भ में जुड़ी है और युद्ध भारत के पास है जिसे आपने नाम सुना होगा विराट विक्रमादित्य है ना विशाल ये नाम सुने होंगे है ना तो ये भी एक चीज है तो ये आप जानते होंगे चलो अगला INS विराट का पुराना नाम है आपको बताना है कि INS विराट जो था इसका पुराना नाम एच HMS एस HMS एच एम एस रॉयल एच एम एस आर्मी तो देखो विराट HMS एम जो है ये ब्रिटेन से लिया गया ब्रिटेन के अंदर एक नेवी चलती है रॉयल नेवी जिसे बोलते हैं ये रॉयल नेवी के अंतर्गत था और इसको भारत ने वहाँ से खरीदा था और इस एच एमएस का नाम ही भारत ने क्या रखा विराट रखा एक एच एम एक विशाल भी है आई एन विशाल जिसका नाम एच एम हरमीज जो है ये विशाल के साथ कनेक्ट है एच एम हरमीज किसके साथ है डी विशाल के साथ कनेक्ट है और एक और है जिसका एड मिनरल गार्सको जिसका 2016 में क्वेश्चन आया था कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया बेटा ए आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन अच्छे से देखते हैं कि एक होता है एड मिनरल गार्सको एक कौन सा है एड मिनरल गो कौन सा है मेरे भाई इसका नाम है एड मिनिरल गार्सको ये जो एडमिनरल गार्सको जो है ये बेटा भारत ने रूस से खरीदा और रूस से खरीदने के बाद इसका नाम रखा विक्रमादित्य मादित्य विक्रमादित्य रखा और इसका एक नाम और है उपनाम जिसे बोलते हैं इसका एक उपनाम है वो उपनाम है बूका क्या नाम है दोस्तों उसका बूका नाम है इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि उसका नाम है क्या है दोस्तों बूका है तो बूका के नाम से भारतीय सेना इसको उपनाम देती है बूका के नाम से हमारे इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो यह चीज भी आप अच्छे से ध्यान में रखना कि बूका किसका नाम है तो विक्रमादित्य का नाम है बूका ये हमारा विक्रमादित्य है जो हमने रशिया से खरीदा है मतलब रूस से खरीदा है ठीक है अगला क्वेश्चन बजाज मोटरसाइकिल में किस विमानवाहक के इस्पात का युद्ध उपयोग किया गया मतलब तो बजाज जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर एक विमान वाहक है तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया तो आप बताइए बजाज जो गाड़ी है इसके अंदर एक इस्पात का प्रयोग हुआ है और वो भारत का युद्धपोत है युद्धपोत में भी कौन सा है विमानवाहक तो सबसे बड़े होते हैं जिनका आकार जो होता है वो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उससे कहीं ना कहीं तीन गुना बड़े होता है जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल का ग्राउंड तो फुटबॉल होती है उससे ज्यादा बड़ा होता है उस पर फाइटर प्लेन भी रुके रहते हैं एयरपोर्ट भी बना रहता है उसपे लाखों आर्मी के लोग पड़े रहते हैं उसपे बहुत सारी राशन सामग्री होती है तो एक बड़े की उस पर फोत होती है ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है तो ये सारी की सारी चीजें क्या है उसके अंदर इंक्लूड होती है तो आप बताइए बजाज मोटरसाइकिल अभी देखो बजाज गाड़ी आई है उसके अंदर एक गाड़ी आई विक्रांत तो उस युद्ध पोत है विक्रांत के इस पात का क्या किया गया दोस्तों प्रयोग किया गया है इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि विक्रांत के इस पात का क्या किया गया दोस्तों प्रयोग किया गया है इसके अंदर ठीक है तो यह चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि साहब ये मामला इस तरीके से है तो ये लो साहब ये इस्पात हो गया चलो अगला विशाल डी कमीशन ने कर दिया डी कमीशन एक चीज ध्यान रखना डी कमीशन का मतलब क्या होता है आपको वहां पर एक साथ मिलेगा डी कमीशन तो आप टेंशन में चले जाएंगे डी कमीशन क्या होता है डी कमीशन का सीधा सीधा मतलब होता है सेना से हटा देना डी कमीशन का मतलब क्या होता है डियर सेना से हटा देना ये डी कमीशन का मतलब होता है सेवा से मुक्त सेवा से मुक्त कर देना या सेवा समाप्त हो जाना या उसकी सेवा समाप्त होना भी डी कमीशन के अंतर्गत माना जाता है लोग तो कोई सेना के अंदर था और उसको हमने क्या किया, किया कि सेना से हटा दिया वो हमारा डी कमीशन के अंतर्गत माना जाता है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना एक साथ डी कमीशन हो गया तो मतलब सेना से हटा दिया तो फिर उसका टंटाई खत्म हो गया सिस्टम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलो ये बात हो गई अगला भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक कौन सा है आपके सामने एक बात आई। भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक देखो सबसे पहले तो आप यह चीज ध्यान रखो कि टैंक क्या है टैंक भाई टैंक थल सेना के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसका हम सभी परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं जैसे चाहे बरसात में हो चाहे सड़क पर हो चाहे रेगिस्तान में, चाहे पहाड़ों पे। हो मतलब ऐसे मैं कहूं विदाउट व्हीकल ऑन रोड कि ऐसा साधन जिसको सड़क की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाता है क्या टैंक कि विदाउट व्हीकल ऑन रोड दैट इज क्या कहलाएगा मेरे टैंक कहलाएगा। क्या कहला टैंक कहलाएगा इस चीज को आप ध्यान रखना तो भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक कौन सा है तो टैंक जो होते हैं ये डियर तीन प्रकार के ठीक है टैंक अब टैंक देखो स्मॉल बैटल टैंक मीडियम बैटल टैंक और मेन बैटल टैंक तीन है स्मॉल बैटल टैंक मीडियम बैटल टैंक और मेन बैटल टैंक बेटा इनका ऐसे टैंक जिनका पैंतीस टन से कम हो 50 टन तक हो और 50 टन से अधिक हो समझे मेरी बात को ये ज्यादा ये कम और ये पैंतीस टन से कम अब ये टैंकों की श्रेणी है अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल बैटल टैंक जो है इसमें भारत के पास कोई टैंक नहीं है मेन बैटल टैंक में दो टैंक आते हैं एक टी सेवेंटी और एक टी नाइन्टी एक का नाम अजय है और एक का नाम भीस में ये दोनों के दोनों टैंक भारत ने रूस से खरीदे अजय और भीस तो एक और तीन तो वैसे ही रशिया में चले गए स्वदेशी टैंक की बात करता है मेन बैटल टैंक और मेन बैटल टैंक में एक नाम आता है और वो नाम है अर्जुन अर्जुन जो टैंक है ये भारत का स्वदेशी टैंक है और इस टैंक के अंदर भारत ने बहुत सारी तकनीक का भी प्रयोग किया है चाहे वो लेडर रेंज फाइडर हो चाहे वोटिक कुछ भी उन सारी समस्या को एक साथ ही प्रयोग किया गया है, तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजों का हमने साथ में प्रयोग किया है ठीक है मेरे भाई तो ये चीज के लिए ध्यान रखना तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई दो आंसर है ठीक है आंसर क्या है मेरे भाई दो ठीक है अर्जुन टैंक भारत का स्वदेशी टैंक है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया और एक बात ध्यान रखना इसका जो वजन है पचास टन से ज्यादा है इसलिए पूरे विश्व का सबसे भारी टैंक अगर हम बात करें भारी टैंकों में तो वो कौन सा आता है अर्जुन और भारी होने के कारण इसकी जो गति है वो बहुत कम है गति क्या है दोस्तों कम है चलो अगला भारत की प्रथम एंटी टैंक मिसाइल सबसे पहले तो एंटी टैंक का मतलब क्या होता है कि भारत के पास जैसे तो मिसाइलों की मैं बात करूं तो पटना के नाम से भारत की मिसाइलें जानी जाती है पटना पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश ये भारत की मिसाइलें हैं इनको सरफेस टू सरफेस सरफेस टू एयर और एयर टू एयर ठीक है सरफेस टू सरफेस में पृथ्वी और अग्नि दोनों इंक्लूड की जाती है सरफेस सतह से सतह वाहर करने वाली सरफेस टू एयर में एक त्रिशुल होती है और एक कौन सी होती है आकाश Then, air to air, जो कि पांच अगस्त 2018 में क्वेश्चन आया था इसको लेके जो आर प्री का एग्जाम जब हुआ तब ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था आर प्री के अंदर ये तो यहाँ एक नाम आता है अस्त्र। डीएम बात कर रहे हैं एंटी टैंक की ऐसी मिसाइल जो फायर एंड फॉरगेट पे काम करती है या वो मिसाइल ऐसी मिसाइल जो फायर एंड फोरगेड पर काम करती है या हीट गाइडेड मिसाइल जो होती है उस तरह के मेथड की यदि हमें बात करता हूं तो हम उस पे यदि हम डिस्कशन करें तो कि उसके अंदर कौन सी भारत की मिसाइल आएगी तो आप ये क्लियरली ध्यान रखना उसके अंदर अपनी मिसाइल आएगी नाग कौन सी मिसाइल आएगी दोस्तों नाग मिसाइल आएगी ये चीज आप क्लियरली ध्यान में रखना कौन सी आएगी मेरे भाई नाग मिसाइल है जो भारत की प्रथम एंटी टैंक मिसाइल है ठीक है तो बिल्कुल भी नहीं तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया एक नाग, ठीक है तो नाग इसका आंसर है आकाश जो है सतह से हवा में इनको आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है कोई भी इधर उधर नहीं करना क्यों गलत हो जाएंगी चीजें। देखो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सी मिसाइल कार्य करती है अभी मैंने डिस्कस किया कि फायर एंड फॉरगेट कि ऐसी मिसाइल जो तापमान पर कार्य करती है जो तो एक बार छोड़ने के बाद अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करती है वो अपने लक्ष्य को इधर उधर परिवर्तित नहीं होती और वो लक्ष्य को ही भेदेंगे किसी भी परिस्थिति में हो कैसी भी स्थिति में हो वो अपने लक्ष्य को भेद के ही मानती है बीच में वो लक्ष्य को छोड़ना नहीं छोड़ती वो करती है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो धागो और सिद्धांत पर एक ही मिसाइल काम करती है नाग तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई एक आंसर है नाग मिसाइल क्लियर हो गई पृथ्वी अग्नि मैंने आपको बताई दिया पृथ्वी और अग्नि जो है ये सरफेस टू सरफेस है आकाश जो है ये सरफेस टू एयर है और नाग जो है वो एंटीटैंग मिसाइल है तो ये बिल्कुल पूरी की पूरी एक सीक्वेंस है कि सीक्वेंस में ये सारी चीजें आ रही हैं। इसमें कोई आपत्ति कोई नहीं चलो अगला प्रश्न आईजीएमडीपी आईजीएमडीपी एम परियोजना के निर्देशनकर्ता कौन है अब साहब बात आती है आईजीएमडीपी जी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटरग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 में स्टार्ट किया गया था और आपको पता है कि भारत में मिसाइल का जो पहला प्रोग्राम था उसके निर्देशन करता था एपी अब्दुल कलाम डॉक्टर नंबी नारायण ने तो एक इंजन बनाया था विकास इंजन जो कि पीएसएलवी रॉकेट में प्रयोग किया जाता है सतीश धवल स्पेस सेंटर है इनके नाम से एक स्पेस सेंटर बनाया गया है श्रीहरिकोटा हरिकोटा के श्री हरि कोटा विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक जो है वो कौन है विक्रम साराभाई भाई डॉक्टर नंबी नारायण ये नाम है तो आईजीएमडीपी में कौन आता है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या है आईजीएम डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर थे अब बेटा ये जो प्रोग्राम था ना ये दो तरीके से आया एक में तो इसमें डेविल मिसाइल की बात हुई थी और एक डेविल और विलियंट अब बेटा डेविल की मैं बात करूं तो डेविल के अंदर तो कम की थी विलियंट में कैसी थी अधिक दूरी की तो पहले कौन से प्रोग्राम को अंजाम दिया डेविल को बाद में 2016 से किसको लाए वेलियंट को तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हो गई तो मतलब इसमें यह सारी चीजें थी इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं कोई इशू नहीं इसके अंदर यह चीजें प्रॉपर तरीके से हो गई चलो अगले बिंदु पर चलते हैं अपन तो इस का जो आंसर है वो कौन सा है आईजीएमटीपी के अंदर बेटा ए आंसर है मतलब ए यानी वन ये ए और वन का ज्यादा कोई इश्यू है नहीं मतलब आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब ए और व कोई अंतर है कि साहब नहीं नहीं साहब अगला देखो भारत की प्रथम स्वयप्रणोदित मिसाइल देखो सबसे पहले स्व प्रणोदित का मतलब क्या होता है तो देखो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि साहब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है इसका आंसर बताना है कि भारतीय सेना का कौन सा वायुयान विमान है जो पुणे फ्यूल भरने का काम कर लेता है वो विमान भारतीय सेना के पास कौन सा है कैसे भरता है तो आपको पता है कि सी सुपर हर्क्यूलिस विमान है सी थर्टी सुपर हर्क्यूलिस जो विमान है डियर ये जो है ईंधन भरने की क्षमता रखता है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो कौन सा होगा मेरे भाई दो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ठीक है अगला क्वेश्चन भारत ने बराक आठ मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन किस देश के सहयोग से विकसित की देखो ध्यान रखना भारत ने और इसराइल ने ध्यान रखना भारत ने और इजराइल ने एक मिसाइल तैयार की और वो जो मिसाइल है वो जो मिसाइल है बराक बराघाट के नाम से वो भारत और इजराइल दोनों देशों का एक कॉम्बिनेशन है मतलब एक जॉइंट एवेंचर है जिसे पाकिस्तान की बाबर मिसाइल के काउंटर करने के लिए बनाया ठीक है तो ये मिसाइल कौन सी है डियर बराक आठ बराक आठ मिसाइल है येरी साहब कौन सी मिसाइल है ये है? बराक आठ मिसाइल और ये जो बराक आठ मिसाइल है बेटा ये बाबर मिसाइल को काउंटर करने के लिए बनाई और बाबर मिसाइल कौन से कंट्री की है पाकिस्तान है ना तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? गया थ्री हो गया क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया थ्री तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको ध्यान रखने पड़े अगला क्वेश्चन अग्नि फोर प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है देखो अब ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं यूपीपीएससी वगैरा में तो अग्नि फोर के बारे में बताना है ना कि अग्नि फाइव अग्नि फोर पर कंसल्ट कर रहे तो सबसे पहली बात की धरातल से धरातल तो अभी मैंने बताया था कि अग्नि की जितनी भी मिसाइलें हैं वो सरफेस टू तो सरफेस ही मारती है तो पहली वाली लाइन तो प्रक्षेपास्त्राइल होता है अच्छा एक चीज और ध्यान रखें सही है या गलत है यह चीज बड़े ध्यान रखना क्यों गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है कथन सही है कि गलत है वह एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है तो सही है कोई दिक्कत नहीं बताओ यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र पहली बात क्लियर के इसमें केवल द्रव प्रणोद ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है अच्छा यह एक टन नाभिक वारंट को पिछहत्तर सौ किलोमीटर दूरी ताकि फेंक सकता है अब बताओ सही स्टेटमेंट बताना है आपको इसमें कुछ भी नहीं करना सिर्फ सही स्टेटमेंट बताना है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है बताओ तो बेटा एक चीज ध्यान रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक सही है पहला क्योंकि ना इसमें द्रव दोनों होते हैं डबल चरण शूल होता है इसके अंदर पहली बार भारत में जो अग्नि फोर थी इसमें द्विचरणीय स्टेप का प्रयोग किया गया था इसमें डबल चरण शूल था ये था और पिचहत्तर किलोमीटर की इसकी दूरी नहीं है पिछहत्तर में तो अग्नि-5 की श्रंखला आती है जबकि अग्नि तो कोई वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जाना विश्व का अत्यधिक वायु वायुवान बनाए जाते हैं कौन से देश में बनाए जाते हैं यूएसए में बनाया जाता है सबको पता है विमान जो है कि कि किसका है कंट्री यूएसए का है तो मतलब क्वेश्चन का आंसर कौन सा है दो अगला एडमिनरल गार्सो क्या है ये तो आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में आर प्री के अंदर आर प्री के अंदर एडमिनरल गार्सको रूस के नौसेनाध्यक्ष है नौसैनिक सैनिक विमानवाहक जहाज है या वायुसेना का मुख्यालय या नौसैनिक संगठन है क्या है इसके बारे में आपको बताना है देख ध्यान रखना एडमिनल गार्सको में कहा कि एक विमानवाहक युद्ध पोत है मैंने क्या कहा एक विमानवाहक युद्ध पोत है क्या है एक विमानवाहक है दोस्तों युद्धपोत है इसको ध्यान रखना और ये जो विमानवाहक युद्ध पोत जो है ये भारत ने रूस से खरीदा और 2013 में भारतीय सेना को सौंप दिया था गोवा के तट पर गोवा के तट पे सौंपा और इस एडमिरल गार्स को का ही नाम विक्रमादित्य रखा आज विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं जो हमारा युद्धपोत है वो विक्रमादित्य जो फुटबॉल के ग्राउंड से तीन गुना बड़ा है वो कौन सा बेटा एडमिरल गार्स्को है ठीक है तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि एडमिरल गार्स्को क्या है लो अब बताना भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता दो किलोमीटर से अधिक है वो किस नाम दिया गया तो पृथ्वी आकाश त्रिशूल और अग्नि सेकंड अब देखो आईसीबीएम जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मिसाइल ठीक है एक होती है एम मीडियम रेंज बैलास्टिंग मिसाइल एक होती है आई और एक होती है एस तो हम बात करें कि साहब 2000 किलोमीटर से अधिक तो 2000 किलोमीटर से अग्नि सेकंड है और इसकी मारक क्षमता है किलोमीटर अगली सेकंड की मारक समझाड बाईस 2250 किलोमीटर है तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते रहना है क्योंकि जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे तभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी तो ये भी एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि साहब कौन सी बात किस तरीके से है तो चीज़ें, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो ठीक है अगला क्वेश्चन तेजस क्या भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल रिमोट चालित विमान सबसे तेज गति से, से उड़ने वाला वायु तेजस जो है ये एक फाइटर प्लेन है ध्यान रखना तेजस एक फाइटर प्लेन है जिसे भारत ने बनाया और भारत में जिसने बनाया वो कौन था डॉक्टर कलाम डॉ कलाम साहब जो थे उन्होंने इसको बनाया और इसका जो नाम तेजस दिया वो अटल जी ने दिया तेजस जो नाम दिया डियर वो किसने दिया मेरे भाई तेजस नाम दिया था दोस्तों अटल जी ने ये चीज आप ध्यान रखना कि तेजस जो नाम है वो किसका नाम है मेरे भाई अटल जी ने दिया 2003 में ना 2002 दो, दो एक की बात है अटल जी ने इसको नाम तेजस दिया और ये भारत का प्रथम लड़ाकू विमान है आपको मैं बता दू ये एक सीट और एक इंजन वाला है एक सीट व एक इंजन वाला है और इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो कावेरी का इंजन लगा हुआ है कि अंदर जो तो इंजन वो किसका है कावेरी का इंजन है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें कौन से इंजन का प्रयोग किया गया है तो ये भी भारत का एक फाइटर प्लेन है मेरे भाई तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी और ये जो फाइटर प्लान है ये इसमें राम जेट, जेट और स्लिम जो तकनीक है उन तकनीकों का प्रयोग किया है उन तकनीक की सहायता से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर पाता है तो ये आपको ध्यान रखनी है तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि साहब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर है ठीक है तो ये कौन सा है मेरे भाई अगला क्वेश्चन बताना निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था इनमें से बताना है कि कौन सा उड़ाया था अर्जुन स्वदेश प्रमुख युद्ध टैंक फाल्कन रूस था भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल सरस्य स्वदेश नागरिक यात्री विमान ऑपरेशन सी बड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा बताइए ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है तीन आंसर अगला क्वेश्चन इंद्र क्या है प्रक्षेपास चालक रहित विमान रडार या टैंक इंद्र क्या है या इंद्रा ऐसे लिखते हैं इंद्रा इंद्रा के नाम से भारत ने क्या बनाई है रडार तो इंद्र जो है ये क्या है भारत के रडार है भारत रडार इस बात को आप ध्यान रखना तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी कि इंद्र क्या है दोस्तों एक रडार है तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि सी जो आंसर है अच्छे से ध्यान तो अब एक चीज आपको तो ध्यान रखनी जो पुराने क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना है अब जैसे आपको कोर्स जिसे थ्योरी पढ़नी है तो कोर्स पर चेंज करना पड़ेगा उस कोर्स पर चेंज वहाँ से आपको चीजें करनी पड़ेंगी तो ये चीज़ आप बहुत थोड़े ध्यान से रखें चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से करें तो कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ठीक है दोस्तों अभी तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू दोस्तों